मध्य प्रदेश में हुए पोषण आहार घोटाले की जांच अभी शुरू भी नहीं हो पाई है कि अब मिड डे मील में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है जहां एक सरकारी स्कूल में मिलने वाले मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की शिकायत आई है जिसमें उचित मूल्य की दुकान से भेजे गए चावल को बेचकर खराब चावल बच्चों की थाली में परोसने के आरोप लगे हैं खाने में इल्लियां मिल रही है यही नहीं शिकायत करने पर बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है अब सवाल यह भी उठता है कि क्या मध्यान्ह भोजन में खोरी हो रही है, या के चलते बच्चों का जीवन दया है उमरिया से मिड डे मील में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, है। बताया जा रहा है की मध्यान्ह भोजन में इलिया मिली है मामला मानपुर ब्लॉक के चित्रां माध्यमिक शाला का है जहाँ तीन दिनों तक चावल में इल्लियां पाई गई जिसकी शिकायत भी बच्चों ने स्कूल प्रबंधन से की है लेकिन मिली भगत के कारण कुछ नहीं हो सका जिसके बाद बच्चों ने वीडियो जारी कर पूरी कहानी बयान कर दी बच्चों ने वीडियो में बताया कि जानवरों की तरह स्कूल में भोजन परोसा जाता है शिकायत करने पर स्कूल से निकाल देने की धमकी दी जाती है जल चित्राउ विद्यालय से हूँ जो कि हमारे यहाँ खाना अच्छा साफ सुथरा नहीं बनता है प्रत्येक दिन कीड़ा मसूरा पाया जाता है और भोजन नहीं बनता है चावल के साथ की दाल सोमवार को बनना चाहिए था वो नहीं बनता है मंगलवार को खीर पूरी सब्जी तथा बननी नहीं, नहीं बनता है विवरण के हिसाब से खाना नहीं बनता है प्रत्येक दिन वीडियो के जारी होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और अब सर्व शिक्षा अभियान विभाग के जिम्मेदार जाँच कराने की बात कह रहे हैं स्व तो सहायता समूह के परोसे जाने वाले भोजन का इस तरह कदर खराब है की मध्यान्ह भोजन के बाद बच्चों का स्वास्थ्य बनने के बजाय बिगड़ने के ज्यादा हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन भी इसके लिए जिम्मेदार है लेकिन मिलीभगत के कारण घटिया स्तर का चावल लाकर छोटे बच्चों को खिलाया जा रहा है स्थिति तो ठीक नहीं है। आज मुझे ये पता चला है मैंने संज्ञान में ले लिया है और उस विकास खंड के विकास खंड स्रोत समन्वय को भी मैंने निर्देशित किया है की कि जाकर इस स्थिति की जाँच करे और वे आज भी मध्यान्ह भोजन के समय उपस्थित होकर पूरी कार्यवाही करेंगे और वास्तुस्थिति से मुझे अवगत कराएंगे।